हेलो एवरीवन तो मेरे चैनल टेरेस गार्डनिंग वर्क में आप सभी का स्वागत है और आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मेरे जो टेरेस है उसका मैंने डिज़ाइन कैसे किया उसकी कॉस्ट मुझे क्या आई तो चलिए देखते हैं तो ये है मेरा टेरेस गार्डन जिसकी मैं अभी वीडियो शो कर रहा हूं तो मैंने अपने टेरिस गार्डन पर पहले जो ग्रो बैग्स थे वो भी लगाए हैं उसके बाद मैंने धीरे धीरे स्टडी करके अपने आप को थोड़ा सा नॉलेजबल बनाया है टेरेस पे और क्या क्या मैं अच्छा कर सकता हूँ कि मेरा टेरेस गार्डन में लोड कम हो टेरेस गार्डन पे और मिट्टी और जो मेरे पास खाद है उसका एक अच्छा सा कम्पोज बना के मैं उसमें बहुत अच्छे प्लांट्स लगा सकता हूँ तो मैंने ड्रम्स जो प्लास्टिक के ड्रम्स होते हैं वो लाए हैं हालांकि मैंने कुछ मैंगो जो लगाए हैं जिन जिन जिन लोगों ने अपने टेरेस गार्डन्स पे उनके भी वीडियोस देखी थी उनके उनके पास भी काफ़ी सारे ड्रम्स थे जिसमें उन्होंने मैंगो स्किट्री लगाए थे तो मैंने भी वही एक कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम किया है बट थोड़ा अलग तरीके से मैंने यहाँ पे कैंडल्स लगाए हैं काफ़ी सारी स्टडी की है कि आ, क्या डिसएडवेंटेजेस होते हैं अगर मैंने प्लास्टिक के ड्रम लगाए हैं और डिसएडवांटेज को कैसे मैं रेक्टिफाई कर सकता हूँ उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ तो इन जो ड्रम्स है इनकी एक प्रॉब्लम ये है कि आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो एरिया है ये आ, बाहर वाला ये सारा का सारा आ, मतलब प्लास्टिक है तो उसमें एयरेशन नहीं होती और अगर यहाँ पर अगर सबसे बेस्ट माना जाता है मिट्टी का तो मिट्टी के आउटर साइड का जितना एरिया होता है वहाँ मतलब एरिएशन हो जाती है तो ऐसा मुझे कुछ चाहिए था कि प्लास्टिक के ड्रम बहुत बड़ा है उसमें मिट्टी भी ज़्यादा रहेगी मतलब वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा तो एरिएशन नीचे तक नहीं पहुँचेगा इसके लिए मैं क्या किया है ये जो कैंडल है वो कैंडल लगाई है मैंने इस कैंडल का एडवांटेजेस ये कि ये टॉप टू बॉटम एरिएशन प्रोवाइड करेगी और इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है आप मेरे चैनल पे जाके वो देख सकते हैं मैं उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप उसको ज़रूर देखें उसके बाद मैंने काफ़ी सारी वहाँ पे पत्तियाँ डाली हैं और उसके ऊपर मैंने एज अ बर्डन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लेयर बाय लेयर मिट्टी डाली है मतलब पत्तियाँ डाली मिट्टी डाली पानी डाला पत्तियाँ फिर से कंप्रेस हो गई उसके बाद और पत्तियाँ डाली और मिट्टी डाली और पानी डाला ये प्रोसेस मैंने की है इसका एडवांटेजेस ये हैं कि ये स्लैब पे बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं डालती क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं होती पूरा का पूरा ड्रम सिर्फ मिट्टी से भरा है और उसका जो बर्डन है वो स्लैब पे पड़ रहा है ऐसा नहीं है आप अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूँ तो ट्वेंटी फाइव टू फिफ्टी केजी तक के जितने मेरे ड्रम से पर ड्रम की औसत जो एक कॉस्ट आती है कॉस्ट इन देंस ऑफ वेट आता है तो वही है वेट थर्टी के टू फिफ्टी के के आसपास तो ये हैं और मैंने पत्तियां डाली फिर उन पत्तियों का ही कुछ वेट नहीं होता पहले ही तो फिर हम देखते हैं कि इसके पहले का जो मैंने टेरिस सेटअप बनाया था मैंने जो ग्रो बैक्स की तरह इन इनको भी यूज़ किया था ये जो खाद होती हैं एनपीके वाली उसकी बोरियां हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी जब मैंने ये लगाई थी और उसकी यहाँ पे मैंने प्लेन मिट्टी डाली थी मुझे तब कुछ समझ नहीं थी बस मैंने नई नई मिट्टी एक्ट्रॉले लाई थी और उसमें जैसे हम कन्वेंशनल वे में लोग करते हैं कि मिट्टी लाई उसमें डाली और ज्यादा फर्टिलाइजर भी नहीं डालते तो उस तरह सा मैंने एक सेटअप बनाया था कि मिट्टी को कहीं तो भी रखना है और तब मुझे आइडिया आया कि इसमें क्यों ना कुछ बेल वाले जो प्लांट्स होते जैसे करेला हो गया इस तरह के कुछ प्लांट्स लगाए जाए बट वो ग्रो नहीं हुए बिकॉज यहाँ पे जो नीचे वाला पोर्शन था वो तो मैंने थोड़े थोड़े से यहाँ पे मैंने होल्स बनाते बना दिए थे ताकि ये जैसे वाटर यहाँ पे ड्रेन हो रहा है बट यहाँ पे ना एरेशन प्रॉपर नहीं हो रहा था मतलब इसके जो रूट्स है जो भी मैंने यहाँ पे प्लांट लगाया था वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा था उसकी जो पत्तियाँ है वो बढ़ नहीं रही थी इतनी मिट्टी होने के बावजूद ये बढ़ क्यों नहीं रहा ये मैं सोचने में पड़ गया था फिर मैंने काफ़ी सारी रिसर्च की बहुत सारी किताबें पढ़ी जो बी एग्रीकल्चर की बुक्स आती हैं वो मैंने रेफ़र की तब मुझे मुझे पता चला कि इन प्लांट्स के रूट्स को चाहिए होती है एयर और जो मिट्टी, अगर यहाँ पे मैंने मिट्टी का गमला इतना बड़ा रखा होता तो शायद ये ग्रो हो जाता मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब के वीडियोज़ भी देखे थे वहाँ पर छोटे छोटे गमलों में बड़ी बड़ी वो बिटल ग्रॉट्स की होती है आ, मतलब बेल बेली वाली जो आ, पौधे होते वो अच्छे खासे ग्रो कर रहे हैं उसमें डिकम्पोजोज वाला जो भी कम्पोज है वो डाल के और मैंने इतनी बड़ी आ, रखी यहाँ पे पूरी फिर भी नहीं हो रहा तो धीरे धीरे मैंने स्टडी की कि किस तरह से मैं आ, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करूँ तो उस मैंने प्लास्टिक के ड्रम्स लगाए थे और उसके बाद मैंने काफ़ी सारे बेली वाली जो पत्तियाँ मतलब पौधे होते हैं वो लगाए हैं जो ग्राफ्टेड वेराइटी होती है लेमन्स की वो लगाई हैं और स्टेप बाय स्टेप मैंने जो भी प्रॉब्लम्स आए उनको सॉल्व करने की कोशिश की मुझे हल्का भी रखना था अपने स्लैब पे जो भी मैं ड्रम्स या पॉट्स लगाऊं और उसमें अच्छे से अच्छे मुझे प्लांट्स को न्यूट्रीशन देने थे जो मुझे एक ऑर्गेनिक फ्रूट प्रोवाइड करे तो बहुत ज़्यादा नहीं है बट आपको अगर तकलीफ़ हो रही है अगर इसमें कैंडल जो हर जगह नहीं मिलती आर की कैंडल काफ़ी मतलब अगर आप सिटी में रह रहे हो और आपका इंडिपेंडेंट हाउस है बट अगर आपको इस तरह से बनाना हो रही है कैंडल नहीं मिल रही है पत्तियां नहीं मिल रही है, तो क्या करेंगे आपके पास घर में काफ़ी सारा किचन वेस्ट होता है या कहीं आप आरा मशीन जहाँ पर लकड़ियाँ काटी जाती है वहाँ बहुत सारा भूसा होता है वो भी आप उसमें काम में ला सकते हैं थोड़ा सा डम्पोज होने में टाइ, टाइम लगेगा बट हो जाएगा अच्छे से तो मैंने हर ड्रम में काफ़ी सारी पत, बेली बेलियाँ लगाई हैं और मुझे फ्रूट्स भी मिले हैं अभी तो मेरा मतलब जनवरी चल रहा है तो तब तक तो ये सूख चुके हैं बट जब ये सीज़न था तब इन्होंने मेरा साथ दिया है और मैं काफ़ी सारे मतलब मैंने ट्वेंटी टू ट्वेंटी अब तक ड्रम्स लाए हैं और उनको बीच से काटा काटा है ताकि एक लेवल होता है मिट्टी का किसी भी ड्रम में कि आप वही रखो तो मैंने काफ़ी सारे ड्रम्स ऐसे रखे हैं जो हाफ कटेड है एक ही है ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंगो ट्री जो मैंने फुल रखा है क्योंकि ये इसकी क्वालिटी कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी तो इसको काटने का मेरा मन नहीं किया मैंने नहीं काटा बट बाक़ी जो है वो मैंने हाफ़ हाफ कट किए हैं और जो नीचे वाला पोर्शन होता है वहाँ पे काफ़ी सारे होल्स के और ऊपर वाले पोर्शन पे जो उनकी आ, कवर आते हैं ब्लैक कलर के वो मैंने लगा के रखे थे इसमें एक चीज़ और है मैंने जहाँ ब्लैक कवर नहीं था वहाँ पे प्लेन मतलब मेरे पास ब्लैक कवर उस ड्रम का नहीं था अवेलेबल अवा, तो मैंने एज इट इज ही रखा बट जो सरफेस था उसे प्लेन रखा एक इस पर और उसे ज़मीन से ऊँचा उच, उठा के मैंने वहाँ पर उसे मतलब जो मेरे पास काफ़ी सारी पत्तियाँ थी वो मैंने वहाँ पर डाली थी तो इसका मतलब मुझे लगभग कॉस्ट कितना आया अगर मैंने जो ख़रीदा है कबाड़ी वाले से मतलब कबाड़ी के दुकान में जाता था काफ़ी बार विज़िट किया कभी होते थे कभी नहीं होते थे वो भी एक चीज़ है बट मुझे 40 रुपीज़ एक स्टैंडर्ड फोर्टी रुपीज़ पर केजी के के प्लास्टिक के जो मैंने लिया है ड्रम उसके हिसाब से मुझे पड़े हैं एक प्लास्टिक का ड्रम किया लगभग चार किलो वेट होता था चार किलो मतलब ज़्यादा ही बता रहा हूँ साढ़े तीन किलो से ले कर थ्री पॉइंट सेवन के जी तक होता था चार किलो अभी तक एक भी ड्रम मेरे पास ऐसा नहीं है जो क्या चार किलो गया हो सिवाय एक हाई क्वालिटी के जो मैंने अभी काट के आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ ये वाला ये सात किलो में गया था सात किलो का वेट इसका बट बाकी चार किलो के नीचे ही थे तो एक एवरेज चार किलो मैंने पकड़ा है और हर एक प्लास्टिक के जो ड्रम में मैंने लगाए थे आ, और हर एक प्लास्टिक के ड्रम की जो कीमत है वो आ, एक सौ साठ के आसपास आई है 120 से 160 और मेरे पास टोटल है अभी मैंने जो टोटल ड्रम्स लाए थे जो पूरे फुल वाले थे जिनको मैंने काटा नहीं एक हज़ार के लगभग मुझे पड़े हैं ये एवरेज बता रहा हूँ लगभग मुझे इससे कम ही पड़े हैं और जो पेट्रोल का होता है वो मैंने दो सौ पचास रखा है क्योंकि मैंने मेरे यहाँ से जो कबाड़ी वाला है उसका आ, दुकान लगभग डेढ़ किलोमीटर है सो ग्यारह बार मतलब ट्वेंटी टू बार जाना आना डेढ़ किलोमीटर तो लगभग ढाई सौ रुपीज़ तो पेट्रोल के लगेंगे और मैंने जो मिट्टी लाई थी ट्रैक्टर से वो एक ट्रॉली वो छः सौ रुपये की पड़ी थी ये कोरोना टाइम के पहले की बात है 2020 के लगभग स्टार्टिंग की बात है कि मैंने ये छः सौ रुपये ट्रॉली लाई थी आज अगर आप देखो तो डबल प्राइस पकड़ो इसका हजार रुपये से बारह सौ रुपये तो आप अपने बजट के अनुसार इसे जोड़ सकते हैं एक अदर और इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप अगर टेरिस में लगाने लगाना है आपको हल्का भी रखना है अपना स्लैब तो आप काफ़ी सारी पत्तियों का यूज़ करें अपने घर का जो किचन वेस्ट है उनका यूज़ करें आप जब वहाँ पे मिट्टी डालते हैं तो मिट्टी और डिव कम्पोस्ट में जो बैक्टीरिया होते हैं वो इंक्रीज़ होने चाहिए इसके लिए आप ऑनियन और पोटैटो का लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं उससे राइजोबियम बैक्टीरिया ज़्यादा बढ़ते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आप अर्थवर्म और मिलीपेड्स को बढ़ने दें पनपने दें अगर आपके पास नहीं है तो कहीं से खरीद के लाइए जब रेनी सीजन का टाइम होता है तो आपको आसपास तो मिल ही जाएंगे जब पानी भरा रहता है ऐसे चीज़ों में जाइए आपको जो जैसे ईटे हो गई या पत्थर हो गए इसके नीचे इस तरह के अर्थफॉर्म या मिलीपिट्स आपको मिल जाएंगे अगर आपके पास आर कैंडल ना हो तो आप एक पाइप लीजिए वहाँ से आउटर साइड से छोटे छोटे छेद कीजिए उसमें काफ़ी सारे पत्थर भरिए और उसको उस जो आपने ड्रम में भरा है वह साइड में रखिए अगर आप पत्थर नहीं भरना चाहते तो आपके पास ईटे होंगे लाल वाली जो मिट्टी की बनती हैं उसके टुकड़े कीजिए वो डाल सकते हैं या वो भी नहीं हो, तो अभी आजकल ए सीमेंट सीमेंट के बने हुए जो पोरस होते हैं पानी पे आप डालोगे तो वो पानी पर तैरते हैं काफ़ी हल्के होते हैं अगर उसके कंस्ट्रक्शन साइड पर कुछ टुकड़े पड़े हो वो आप ला सकते हैं अगर वो भी नहीं हो तो सैंड का यूज़ करें अगर वो भी नहीं हो तो आप बस डालें उस पाइप के अंदर वो पत्तिया धीरे धीरे वहाँ पे दबती जाएंगी बट वो एरेशन प्रोवाइड करेंगी और कुछ टाइम बाद आप उस हॉलो पाइप को निकालें पत्तिया वही रखें उस अरेंजमेंट के और इस सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेशेंस जो हम में नहीं होता बट uh, मेरी दो साल की मेहनत है ये कि मैंने इतना टेरेस गार्डन में धीरे धीरे पत्तियों के खाद और जो सॉइल है उसका एक प्रपोजन किया है और आप धीरे धीरे ही करें ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे कबाडी वाले के पास और एक दिन में सौ का ड्रम लेके आए ऐसा ना करें एक दिन, एक महीने में एक या दो ड्रम आपकी जो भी पॉकेट मनी होगी एक मतलब डेढ़ सौ के अंदर मुझे क्या मिल सकता है एक महीने में खर्च कर खर सकते हो आप एक महीने में डेढ़ सौ रुपये खर्च करें एक या दो ड्रम्स लाए उनको अच्छे से उनमें पत्तियां हो कहीं से लाई लाई हुई आपके घर का किचन वेस्ट हो वो धीरे धीरे धीरे धीरे आप एक एक ड्रम तब बढाएं एक एक कंप्लीट होने के बाद इस तरह से तो अगर आपको मेरा भी ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं अगर आपको कुछ डाउट हो मेरे इस आ, जो भी मैंने बताया और उसमें कुछ डाउट हो आपको तो आप मुझे कमेंट करें कि ये कैसे कर सकते हैं ये कैसे नहीं कर सकते मेरा टेलीग्राम ग्रुप है आप उसे ज्वाइन करें उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो